चैनल विकास अगेन में आप का स्वागत है इनका इनका देखिए रुको जरा सबर करो, बोला धक्का नहीं करने का के नहीं का से से लेने समझा भी स्वागत है okay, okay. दोस्तों हम लोग अभी दाल वाल करके जा रहे हैं समय का भी बच रहा है यहाँ साढ़े पाँच हो गई पूरा से पूरी रम का मचाने वाली दोस्त है और आप लोग को दिखाते हैं कुछ नया तरीके जैसे, यहाँ बड़े बड़े दोस्त और से, सब चलो चलो चलना अच्छा देखा रहे हैं सुबह सुबह के समय में गुड मॉर्निंग के समय में और फिलहाल तो हम लोग बंगाल साइड में हैं और इसे अंदर से चलते हुए और आप लोग घुमाते हैं अभी फिलहाल हम लोग बंगाल में हैं और मॉर्निंग को हाल करके सुबह सुबह के समय में निकल रहे हैं तो हैं यहाँ पे ये सब सब्जी उब्जी लगती है मतलब बेचाई जाती है सब्जी उब्जी के समय में हदम काफ़ी देखिए बाबा लगा रहे हैं अपना और कुछ अजीब सा दिखाने की जहाँ तो यो है बिहार वाली लुक एकदम गजब सा बिहार में ऐसे ही होता है तो तो कुछ दिखाते हैं वादे देखो भाई तो भाई क्या क्या हो रही है और सब कुछ घुमाता हूँ चलते हैं मैं एकदम गौ माता यार हम लोग का गाँव में उठा है न गौ माता को, को बांध के रखा जाता है और अच्छा से खाना पीना दिया जाता है यहाँ तो खुला छोड़ देता है कचरा उचरा खाते हैं अच्छा नहीं लगता ना और हम लोग दिखा रहे हैं योगया मंदिर और योग्य इधर जो शमशान घाट कहा गा जाता है वो शमशान घाट के मुर्दे वाले ये वाले मुर्गे शमशान घाट हैं और इसमें कुछ बॉडी वोडी वगैरह वगैरह जाती है शमशान घाट है आप समझ सकते हैं और और दिखाते हैं धूप तो भाई टाइट हो चुकी हुई है फिलहाल देख सकते हैं आप एकदम सुबह का पाँच बीस मतलब मान लीजिए साढ़े पाँच के करीब में इतना धूप टाइट है तो सोच लीजिए ये दिन भर क्या हालत होता होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा धूप है तो तो जाती है सुबह सुबह के समय में और एक और चीज आप तो करके दिखाना चाहता ये देखिए सुबह सुबह के समय में एकदम सा लुकिंग और इनको भी देखिए ये क्या कर रहे हैं प्योर लुकिंग में चल रहे हैं एकदम कुत्ते <laughs> ताले बोल गुकते बोल, बोल।